कैसी ये उलझन है खोया ये मन है कैसी ये उलझन है खोया ये मन है ये किसने जादू किया मेरा भी जू मै जिया मुझका भी कुछ है हुआ शायद किसने जादू किया मेरा भी जू मैं जिया मुझका भी कुछ है हूँ